नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कुछ साप्ताहिक चार्ट रहेंगे ठीक है जो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ नेट बहुत स्लो है हमारे इधर तो चार्ट अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत आती है ठीक है तो देख लीजिए ये सारे चार्ट एस्ट्रोलॉजी पर आधारित हैं और इसमें 10 से 12 ऐसे चार्ट हैं जो टॉप टेन चार्टों में माने जाते हैं ठीक तो है तो न्यू तार मनी है ठीक है न्यू ये न्यू तारमनी मनी ऑर्डर का जो है बैक साइड है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है फॉलो किस तरह करना है आपको पता है जिनको नहीं पता हो ओल्ड वीडियो आप लोग देख सकते हैं हर वीडियो में डाला है ठीक है ये है खाना खान चार्ट तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये खाना खन का बेकसाइट है तो जो लोग नए हैं दोस्तों चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए टोटली ये एक फ्री चैनल है ठीक है तो सभी चीज़ें यहाँ पर फ्री तभी रहती हैं जब फ्री मिलती हैं तो ये कैलाश चार्ट है ये वो चार्ट है जिन पर कंपनी के ऐड नहीं होते ठीक है बाकी चार्ट भी हैं सब मेरे पास पर उन पे एड इतना है जो कि कॉपीराइट क्लेम में आता है तो एड हटाने के लिए मुझे एडिटिंग में बहुत वक्त लगता है इसलिए बाकी चार्ट मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं जैसे ही एडिटिंग पूरी हो जाएगी फिर मैं उनको अपलोड कर दूंगा तो ये सोने की मुर्गी चार्ट है किसी ने बोला था कमेंट करके ठीक है दो सोने की मुर्गी है दो घोड़े की नाल दोनों हैं महाराष्ट्र का और लोकल सिर्फ आपको वीडियो देखना है पूरी और स्क्रीनशॉट लेना है इस वीडियो में टोटल अठारह इमेजेस है यानी नो टॉप चार्ट है ये महाराष्ट्र का सोने की मुर्गी है ठीक है और दोस्तों चार्टों की दुनिया बहुत बड़ी है हजारों लाखों चार्ट है आज ठीक है अंक दस है लेकिन चार्ट इतने कौन सा फॉलो करना है कौन सा नहीं करना है ये आपको अपने हिसाब से ही डिसाइड करना है ठीक है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं ये पास हुआ सर वो फेल हुआ तो देखिए वो मेरे हाथ में नहीं है ये सब मार्केटेड चार्ट हैं और तो अपने हिसाब से आपको फॉलो करना है जो आपको बेहतर लगता है क्योंकि मेरे पास सौ दो सौ चार्टों में से बेस्ट चार्ट चुनना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये अनाड़ी है मेन बाजार में लगता है ये वाला का साइड है जयकारा है इसके अलावा साधु सैतान बाबा भूतनाथ पुजारी न्यूज़ बीकली महाभारत नवरंग खन खन कैलाश और भी इतने सारे चार्ट हैं जो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा उनको एडिटिंग करके दिन में जैसे भी समय मिलता है फिलहाल इन चार्टों को देख लीजिए जिसको पसंद हो तो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू